कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि 10 साल पुराने आधार कार्ड को आप किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि वही आप अगर स्टेटस देखना चाहेंगे उसी आधार का कि आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ या नहीं हुआ तो उसका प्रोसेस हम आपको बताते हैं तो चलिए दोस्तों इसके लिए आपको वो उसी प्रकार एक ब्राउज़र को ओपन करना है और उस ब्राउज़र पर आपको आधार कार्ड लिख देना है आधार कार्ड लिख करके आपको सर्च कर देना है सर्च करने के बाद आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसी प्रकार आ जाएंगे और आने के बाद आप ये देख सकते हैं इस पर हमको क्लिक कर देना है तब अब ये देख सकते हैं आपसे ये सबसे पहले लैंग्वेज पूछेगा कि आपकी क्या लैंग्वेज है या आपका जो भी क्षेत्रीय बोली हो या आपके जो भी प्रांत की हो तो आप वो लगा सकते हैं तो जैसे मान लीजिए अमूमन आदमी इंग्लिश ही में लगाता है आप चाहे तो हिंदी में भी कर सकते हैं बंगला में भी है गुजराती मराठी तो चलिए हम इंग्लिश पे कर देते हैं तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये इस प्रकार से आपको दिखेगा इसका इंटरफेस इस प्रकार है तो आप ये देख सकते हैं उसी प्रकार आप यहाँ पर आएंगे आने के बाद ये आप डाउनलोड आधार इस पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं ये इस प्रकार से आपके मोबाइल पर ये शो होगी उसके बाद यहाँ पर आपको उसी प्रकार लॉगिन कर देना है जिस प्रकार आपने कल जो सेम प्रक्रिया करी थी वही सेम प्रक्रिया आपको इस्टेटस चेक करने पर भी करना है तो यहाँ पर हम चलिए लॉगिन कर देते हैं लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पर हमको ये जो कैप्चा लिखा हुआ है सेम इसी प्रकार यहाँ पर फिल कर देना है तो चलिए दोस्तों हम आधार नंबर और कैप्चा डाल देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम आधार नंबर और कैप्चा जो इस जिस प्रकार से लिखा हुआ है सेम हमने इसको दर्ज कर दिया दर्ज करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड ओ इस ओ टी हमको क्लिक कर देना है चलिए दोस्तों हम कर देते हैं जैसे हम ओ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओ भेजेगा तो दोस्तों देख सकते हैं ओ हमारा आ चुका है और ओ आने के बाद हमको यहाँ पर दर्ज कर देना है और ओ डालने के बाद ये देख सकते हैं लॉगिन इस लॉगिन पे हमको क्लिक कर देना है तो आप देख सकते हैं दोस्तों हम लॉगिन हो चुके हैं लॉगिन होने के बाद आपको उसी प्रकार लास्ट में एकदम आना है आने के बाद आप ये देख सकते हैं रिक्वेस्ट इस रिक्वेस्ट में जो हमने कल अपडेट किया था डॉक्यूमेंट वो आप ये देखिए डॉक्यूमेंट अपडेट तो यहाँ पे वैलिडेट वैलिडेशन स्टेज इस पर हमको क्लिक कर देना है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एस आर नंबर हमारा जो हमको मिला था वो ये है और क्रिएटेड डेट ड्राफ्ट स्टेज हमारी कम्प्लीट है पेमेंट हमारा कम्प्लीट है ये सिर्फ यहाँ पर वेरीफिकेशन स्टेज पर है तो आप ये देख सकते हैं दिस इनमेंट इट इज़ अंडर प्रोसेस प्लीज़ चेक अगेन आफ्टर ए फाइव डेज तो ये बता रहा है कि अभी आपका कम्प्लीट नहीं हुआ है पाँच दिन बाद आप इसको फिर से चेक करें जहाँ तक ये पाँच दिन के अंदर कम्प्लीट हो जाएगा और इसके बाद जब ये कम्प्लीट होगा तो आप ये देख सकते हैं वैलिडेशन स्टेज यहां पे आ जाएगा इसके बाद जब कम्प्लीट हो जाएगा तो ये कम्प्लीटेड ये लिखा हुआ तो ये भी कम्प्लीटेड में राइट का निशान लग जाएगा और आप दोस्तों देख सकते यहाँ से आप अगर आपका इंटनॉलेजमेंट स्लिप हो गई हो या कुछ हो गया हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आप ये देखिए ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड अगर आप यहाँ से ऑर्डर करेंगे आधार पीवीसी कार्ड का तो उसका भी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी और उसका एस आर नंबर उसका ऑर्डर डेट करंट स्टेटस उसका हर चीज़ डेट ऑफ डिस्पैच यानी जिस दिन वो भेजा जाएगा तो वो भी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जिससे कि बड़े से बड़े आधार को भी वो लोग सही कर सकें धन्यवाद दोस्तों